क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर अ ये बहुत कॉमन uh, चीज़ है ये होता ये है कि हम हर समय को 24 घंटे में से 8 घंटे अपनी नींद के निकाल दें उसके बाद जो दिन आपके पास बचा आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं खाली समय को बर्बाद नहीं करना है मैं इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी टाइम स्पेंड ना करें कहीं ना जाए पर इंसान जब घूमने भी निकलता है ना उस जगह को से भी बहुत कुछ सीख के आता है तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है ये सीखिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल श्रुति एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है खुद को कैसे बिजी रखें हाउ टू मेक आर सेल्फ बिजी जॉब वाले हैं तो बिजी रहेंगे स्टूडेंट्स हैं तो भी बिजी रहेंगे मैं इस बिज़ी की बात नहीं करूँ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपने आप को हर वक्त कहीं ना कहीं किसी काम एक्टिविटी में कैसे बिजी रखा जाए क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं ना कि ख़ाली दिमाग शतान का घर अ ये बहुत कॉमन चीज़ है ये होता ही है इंसान आपने देखा ही है जब अपने नौकरी से आने के बाद कहीं निकलता वो तो सोचता अब क्या करें तो क्लब्स में जाएगा एंड वो फिर एल्कोहल लेगा नहीं तो नहीं जुआ कहना चालू हो जाएगा फिर मुझे इतना डिटेल में जाने की इसके लिए ज़रूरत है नहीं आप लोग खुद इतने समझदार हैं बिफोर आई स्टार्ट विथ मोर आई वुड लाइक जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब तो इस ताकि आपको आगे भी और वीडियोस मिलती रहें एंड इफ़ यू लाइक आर कंटेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो तो यूटिलाइज कैसे करें उस समय को जो हमारा खाली रह गया हमें अपनी पर्सनालिटी को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए मैं भी ये वीडियो से पहले मैंने मेरा कोई ऐसा था ही नहीं मुझे कोई टॉपिक था ही नहीं मैं ऐसे ही YouTube में स्क्रॉल कर रही थी ये टॉपिक मुझे मिला मैंने सोचा कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान तक ये टॉपिक पहुंच जाए तो मैंने ये अपने चैनल के थ्रू ये रिप्रेजेंट करना चाहा कि बिज़ी नौकरी कर ली तो बिजी खाना बना लिया तो बिजी और नॉर्मली स्टडीज कर रहा है मतलब स्टूडेंट बिजी तो वो क्योंकि वो स्टडी कर रहा है एक नॉर्मल इंसान जो जॉब वाले हैं वो बिज़ी क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं? नहीं वो बिजी नहीं है ये एक इंसान होता है ना कि वो अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करने के लिए वो लगा रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमारी पहली वीडियो देखी थी उसके कंटेंट कुछ और थे उसके एडिटिंग कुछ और थी उसकी Uh, उसमें जो भी और भी चीज़ें थी उसका बोलने का या वैल्यूज जो हम डालते थे वो कुछ और था पर आज जब आप चीज़ें देखते हैं तो एडिटिंग हो थम ले लो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही तो इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंसली हम हाँ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं हमें हाँ चीज़ों से सीख रहे हैं तो इसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं जिस नौकरी पर जा रहे हैं जहाँ बैठ के काम कर रहे हैं उसी को करता रहे करते रहें ज़रूरी ये है कि हम हर समय को 24 घंटे में से 8 घंटे अपनी नींद के निकाल दें उसके बाद जो दिन आपके पास बचा आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं खाली समय को बर्बाद नहीं करना है आप सपोज एक फ्रेंड के साथ घूमने फिरने भी जाते हैं ना उस समय को आप ये भी सोचिए कि हम उस समय में ऐसा कुछ कर रहे हैं मतलब फ्रेंड के साथ इफ एम टॉकिंग एम कुछ मतलब बातचीत करें तो उस समय को भी यूटिलाइज करें क्यों क्योंकि हम सामने वाले से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं पर सेकंड uh, चीज़ की बात करें तो जैसे कि इंसान अपने न्यू uh, न्यू कॉलेज जाता है फ्रेंड से मिलता है सीखता है तो जैसे मैं गई थी जब एन आई वेंट टू कॉलेज तो मेरी uh, बहुत से लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट सिटी डिफरें एंड स्टेट्स हैं वो आए बैठे तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है डिफरेंट सिटी एंड स्टेट बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी हैं यू यू युवोतर मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपने समय एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर समय को यूटिलाइज़ करिए चीज़ों को सीखिए टाइम पास मत करें टाइम पास वाला जो तो शब्द आ गया तो मतलब वो बर्बादी का ही वो है समय है टाइम पास नहीं वो टाइम को यूटिलाइज़ करना इस समथिंग की हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते ज़रूरी नहीं हम कॉपी पेन किताब कुछ हाथ पैर ही करें हमारे माइंड में या जो हम लिसन कर रहे ना वो मौखिक और मौखिक जो होता है वो क्या कहते हैं बोलने वाला और श्रोता जो है सुनने वाला वैसे ही जो है ना लिसनर अ बेस्ट लिसनर एंड अ बेस्ट स्पीकर तो ऐसे का रोल निभाएं एक दूसरे के साथ आप कुछ बातें व्यूज़ रखिए अपने आप को शेयर करें ना मैं इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी टाइम स्पेंड ना करें कहीं ना जाए पर इंसान जब घूमने भी निकलता है ना उस जगह को से भी बहुत कुछ सीख के आता है तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है ये सीखिए क्योंकि मैं आज आपके सामने दो चीज़ें रख रही हूँ कुछ साल बाद आप ये बैठ के सोचें कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है हर वक्त हर वक्त अगर आपने घूमने फिरने भी गए हैं या किसी के साथ आपने टाइम भी स्पेंड किया है तो वो भी आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है और आपने उससे कुछ सीखा है आपने अपनी हर वक्त एक पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप की है कि आप हमेशा कह सकते हैं कि नहीं एक नई इन्वेंशन हुई है ये कि दूसरा आप ये सोचना चाहते हैं एक जगह बैठ के कि नहीं आ, ये अगर उस समय में ये कर लेता तो ये हो जाता उस समय मैं ये पढ़ाई कर लेता या फिर ये नॉलेज इकट्ठा कर लेता या उस समय वो कुछ सेटअप कर लेता तो आज मैं ये होता क्यों ना आज हम ये सोचें कि हम अपनी चीज़ों के साथ साथ हम अदर चीज़ों की चीज़ें सेटअप करना चालू करें इससे क्या है आप पर्सनालिटी डेवलप करेंगे आप जो हैं आप क्या पर्सनालिटी बनेंगे दूसरे को उससे कोई फायदा नहीं दूसरा तो उससे मोटिवेशन लेगा और दूसरा भी अपने आप को इन्वेंट करेगा जस्ट लाइक मैंने मैं स्टडी करती हूँ सुबह सेवन टू एट के बीच में उठना फिर रेगुलर डोमेस्टिक वर्क करना फिर 10 बजे पूरा बैठ जाना मेरी पढ़ाई पूरी दो बजे तक ऐसे चलती फिर लंच करना एक घंटे का ब्रेक फिर कोचिंग फिर मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं टू क्योंकि मैं उन्हें ट्यूशन्स देती हूँ अब वो ट्यूशन वाला जो है मैं चाहूँ तो मैं उसे हटा दू क्यों क्योंकि मेरा फ्री समय है अब इतना फर्स्ट हो जाएगा मैं कैसे करूँगी नहीं क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है मुझे आगे जो जाना ही है मुझे ऐसी ही किसी फील्ड में जाना है जहाँ मैं या तो आ, आ, टीचर हूँ प्रोफेसर हूँ जो भी हूँ मैं मेरी लाइफ में ठीक है पर मेरी पर्सनालिटी तो यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो गई ना मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले डिसाइड किया है कि मैं एक साइड में बिज़नेस सेटअप करूँगा वो बिज़नेस क्या है अगर जल्दी मैं सेटअप करती हूँ तो डेफ़िनेटली आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि आप लोग ही का सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा तो साइड में साइड वो चलता रहेगा इट्स जस्ट थिंग कि मैं पढ़ाई करूँ मेरे पे सर पे बोझ है मैं दूसरी चीज़ नहीं कर सकती नहीं क्योंकि जब मैं काम डालूँगी काम करूंगी गलतियां करूंगी तो उससे सीखूंगी और उससे पर्सनालिटी डेवलप होगी पर्सनालिटी जो मैं बार बार डेवलप आ रही हूं वो ऐसे नहीं होती कि मैंने सीखा मैंने डाल दिया एंड इट्स ऑल डन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हम बिल्कुल बीस या तेईस सब्सक्राइबर थे आज वी आर हेडिंग टू वर्ड्स तो क्यों क्योंकि हमारा कंटेंट बेहतर बेहतर होता गया हमारे जो जो बताने के वैल्यूज़ हैं वो होते गए हमारा थंबनेल आपने पहले देखा देखा पहली जो एडिटिंग देखी है हमारा डिस्क्रिप्शन होगा पहले से बेटर हुआ है हमारी हर एक क्रिएटिंग चीजें हैं वो हमें मिलती हैं इट डजन मीन कि हम डेवलप हो गए तो कभी डेवलप इससे आगे नहीं हो सकते हैं ये हमारा माइंड है सोचने का नजरिया है सोच के देखिएगा कि आपको कुछ साल बाद ये सोचना है बैठ के कि नहीं मैं तो कुछ अच्छा डेवलप नहीं कर, कर पाया बस वही एक क्या कहते हैं कि एक उठा नहाया धोया नौकरी पे गया आया काम किया आया काम क्या है एक वो, वो वो होता है ना रोबोट मशीन वीडियो गेम जैसे इसको चला दो वैसे वो चल पड़ता है वैसे जैसे खेलो हारो जीतो वो इट्स जस्ट अ गेम तो वैसे आप गेम को बना दे कि आप ये चाहते हैं कि एक दिन आप सुकून से बैठें और बढ़िया से मौसम में और ये कहें कि हाँ मैंने जो किया आ, अपनी पर्सनालिटी को ठीक तरीके से ठीक तरीके से यूटिलाइज किया अब वक्त यह है कि मैं और इससे क्या सीखूं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ डेवलप करने का समय क्योंकि खाली शैतान तो हमेशा खाली दिमाग तो हमेशा शैतान का घर होता है आई ये फैक्ट है ये मैं तो यहाँ बोल रही हूँ पर आप इस चीज़ को सोच के देखना जब आप इस चीज़ों को सोच के देखते हैं ना तो आप खुद ये चीज़ डेवलप करेंगे कि आप भले ही नौकरी करने जा रहे हो तो क्यों ना कुछ समय फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ बिताने के साथ साथ कहीं और भी लगाएं और बेशक आप ये कह सकेंगे आप खुद आप मैं अगर गलत हूँ तो आप यहाँ के कमेंट कर सकते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप लाएंगे कि हाँ जो मैंने बोला था कि मैं कुछ चीज़ों के साथ साथ मतलब अपने आप को कभी खाली नहीं रखना है ये नहीं कि सो नहीं घूमो नहीं पर जो भी करो उससे यूटिलाइज करो अच्छा फॉर एग्जांपल आप जब हम लोग आ, मतलब किचन में पहली बार स्टेप करते हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स हम खाना बनाते हैं पहली बार हमें सबका सही बन जाता है नहीं ना हमने टाइम को यूटिलाइज़ किया फिर से एक दिन आके फिर कलछी घुमाई फिर से रोटियों को बेला हम एक दिन में परफेक्ट नहीं होते बस पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया इसको कैसे लाए क्योंकि हमने वो खाली जो समय था ना वो थोड़ा किचन को दे दिया इससे लिए हमने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया इससे बेहतर रहते हैं एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो मैं यहाँ दोनों के लिए बोलती हूँ क्योंकि आज के टाइम में लड़का भी खाना बना सकता है एंड लड़के भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और आजकल उनको भी सीखना चाहिए दे शुड गेट इंडिपेंडेंट तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और आई डोंट वांट कि आप लोग जो जितने भी श्रुति फैमिली से जुड़ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं जितने जुड़ेंगे और जो आप लोगों से जुड़े जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी जिंदगी सिर्फ इसी में नहीं समेट के रह जाए एक छोटा सा फोन है वो कमरे में आए नौकरी करके वो टक्टर टक्टर टक्टर लगे हैं बस वो दुनिया है छोटी सी ऑब्वियस थिंकिंग की हमारे फोटोज में इतने लाइक नहीं आ रहे हमारी रील्स में इतना नहीं आ रहा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा क्यों स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग वो छोटी दुनिया से अब तो वो सेल नहीं है आज अगर हम अपनी छोटी दुनिया सेल में ही Uh, जब हम यूट्यूब की तरफ बढ़ने की कोशिश करें फिर यूटिलाइजिंग है एटलीस्ट पर सम वो यही फ़ोन को यही कैमरेज़ को कहीं ऑल नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और फिर बहुत रिग्रेट करते हैं लिटरली बहुत रिग्रेट करते हैं आई डोंट वांट कि कोई रिग्रेट करे इस लाइफ में बिकॉज इट्स टाइम टू थिंक टू थिंक अबाउट यू थिंक अबाउट यू ऑल आपकी ज़िंदगी सबरेगी हमें क्या है हमें तो आप अगर आप हमसे अगर आपको मोटिवेशन मिली तो सोचो हमारी जीत वेल इफ यू लाइक दिस कंटेंट डू लाइक शेयर और अगर हमारे इस फैक्ट को कंसेप्ट पे रखने के लिए आपको ये चीज़ अच्छी लगी प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना डू लाइक इट कमेंट करना भी मत भूलना जो नए हैं और पूरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच एंड टू ऑल द रेस्ट जो पहले से जुड़े हैं देख रहे हैं थैंक यू सो मच ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें कीप सपोर्टिंग अस और टिल आ नेक्स्ट वीडियो और स्टेट यू टू तो आर चैनल विच इज़ श्रुतिक बाय प्रखति वारी एंड श्रुति अवस्थी